एक लड़का है जो हमारी बस में स्कूल आता है वो इसे हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो उसका मुस्कुराना भी कैसा लगता है? अब देखो ये भी मुस्कुरा रही है <laughs> <laughs> <laughs> हो भूख नहीं लगती पढ़ाई में मन नहीं लगता बिना वजह मुस्कुराती रहती हो तुम्हारी उम्र में यह आम बात है जिंदगी एक खूबसूरत सफर है समझे ये सब तो होता रहेगा लेकिन खुद को संभालो इस तरह की चीजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है तभी कुछ बन पाओगी अगर रुक गई तो जिंदगी का सफर खत्म हो जाएगा अगर छोटे छोटे सोने के टुकड़ों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो आखिर में एक बहुत बड़ा खजाना तुम्हारे हाथ लगेगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा इसीलिए रुको मत इस तरह की चीजों को नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो तभी तरक्की मिलेगी